फ्रेंड्स आप भी सभी लोग परेशान हैं इस एसमस से तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ये एसमस हर किसी के पास हर किसी के मोबाइल में आया हुआ है ये कहता है कि ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें सीएससी या ई श्रम पोर्टल पर पो जाके मगर आप लोगों की चिंता करने की कोई बात नहीं है ये ई श्रम पता अपडेट हर किसी को करना नहीं है करना है मगर हर किसी को नहीं जो लोग बाहर रहते हैं ऐसी को उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं तो उनका एड्रेस वहाँ का है आधार वहाँ का है यहाँ उत्तर प्रदेश में रहने लगे हैं आके तो इसके चलते उन लोगों को विशेषकर बहुत ज़रूरी है अपडेट कराना का कराने की ठीक है तो उन लोगों के लिए अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है मगर एक बात और है यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनको भी पता अपडेट कराने की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि वो पता लगे क्योंकि उनका भी एड्रेस अगर गलत होगा तो पैसे नहीं आ पाएंगे सुविधा आपके लिए नहीं मिलेगी तो आप सभी लोग क्या करें फटाफट अपने आप ही फटाफट अपने आप ही अपने आप फटा अपडेट अपना कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप खुद से अपने मोबाइल से ही वर्तमान पता अपडेट कर सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपके लिए किस तरह से वर्तमान पता अपडेट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें इसकी ना करें आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या गूगल होगा उसको आप ओपन कर लेना है आपके लिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ई गवर्नमेंट एय ये भी उस मैसेज में आया होगा जो मैसेज आपके मोबाइल पे आया था इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आता है ये शेयर रजिस्ट्रेशन ई चाहे होम पेज पे भी आप जा सकते हैं ये होम पेज ओपन हो रहा है क्योंकि अभी साइड थोड़ा बिजी चल रही सब है सबके मोबाइल पे मैसेज किया बिजी चल रही है वेबसाइट बिजी होने के कारण साइड थोड़ा हल्के भी खुल सकती है आपके लैपटॉप या मोबाइल में ठीक है तो चलता करना है देर से खुलेगी देर से खुलने का कोई कारण ये नहीं है कि क्या दिक्कत है इसमें ठीक है तो आपके लिए यहाँ पे जाना है अपडेट हमने एक पहले वीडियो बनाया था अपडेट करने के लिए है ना उसी प्रकार से हम उसको खोलते हैं मगर इसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा कर दी गई है जब यहाँ पे अपडेट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा नया पेज ओपन पे हो जाता है वहाँ पर हमारा क्या मांग रहा था हमारा आधार वगैरह चीज़ें मांग रहा था मगर यहाँ पर यू नंबर मांगता है जो मेरा ईश्रम बना हुआ है उसी का यू नंबर जो आता है नंबर पे कार्ड पे नंबर डाला हुआ है वो नंबर यहाँ पे हमें डालना होता है अब यहीं पे डालना होती है डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ आपके नंबर में डली हुई है यहाँ पे आपको कैप्चर डालना होगा यहाँ पे आपको करना हो क्रिएट ओ मैं आपको यहाँ पे डाल के और दिखाता हूँ आप भी अपने फटाफट आई में ये डाल लेना जो आपके पास आई है ठीक है यहाँ पर कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी मैंने यहाँ पर यहाँ पर कहता है क्रिएट ओ आपके मोबाइल पर जाएगा ये ओ जो आपने फ़र्स्ट नंबर लगाया था उसी पे ओटीपी जाएगी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ये नहीं कि जो आपका सेवेंड नंबर आता लगा हुआ था उस पे कोई दिक्कत नहीं जो आपका फर्स्ट में नंबर लगा हुआ था उस पे ओटीपी जाती है जाने के बाद यहाँ पर वैलिट करना होता है आपके लिए तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोर्टल खुल के आ गया यहाँ पर आपका नाम भी खुल के आता है यहाँ पर खुल के आता है अपडेट प्रोफाइल एंड डाउनलोड यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो यहाँ पर बता रहा था आपका करेक्शन करने के लिए यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सब कुछ खुल के आ गया है और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा आपको जरूरी नहीं है कि आप सी से, से करें ठीक है तो आपका ये से ही नॉर्मल खुल जाता है हमने आपको वीडियो बूढ़ी प्रोसेस के साथ समझाइए दिया है इसमें कहता है अपना वर्तमान पटा पता, पता अपडेट करें तो वर्तमान आपको एड्रेस कैसे अपडेट करना होता तो है वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ठीक है इन्फॉर्मेशन ऑकुपेशन स्किल्स बैंक ऑफ अकाउंट्स फिर व्यू वगैरह एजुकेशन आप कुछ भी इसमें अपडेट कर सकते हैं इसमें आपके लिए क्या करना है आधार एड्रेस इसमें लिखा रहा कि एड्रेस उसमें लिखा क्या दिखा रहा था एड्रेस है ना तो यहां पे आपको करना है डू यू वांट यहां पे ओके कर देना है आपके लिए तो आपका एडेट वाला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका कभी किसी में उत्तर प्रदेश नहीं होगा च्वास तो आपको उत्तर प्रदेश कर लेना है कहता है होम स्टेट नहीं होगा ठीक है तो किसी में आपका बरेली नहीं होगा तो आपको बरेली भी चॉइस कर लेना है यहाँ पर रेगुलर भी करना है यहाँ पर हमें नहीं करना है पुराना वालों जो अपडेट्स आया था उस सब में यही दिक्कत आ रही थी कि उसमें रेगुलर नहीं सिर्फ था सिर्फ अनरे था यानी कि आप कंट्रीज से बाहर करने वाले हैं तो यहाँ आके रहने लगे हैं ये दिक्कत बहुत सारी आ रही थी उसमें तो इसी लिए इनको सबको अपडेट करने के लिए बोला है किसी किसी की मैं सबको सही भरा हुआ होगा तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए फिर करने की जरूरत नहीं है पुराना आप लोग देख लें एक बार अपडेट जरूर करके देख लें यहाँ पे मैंने सब अपना फिर से एक बार फिल कर लिया था तो आपको बताएं ये यह आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही फिर से डालना होगा तो आप एक बार यहाँ पे डाल लेते हैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक भी सलेक्ट कर लेना है आपके लिए यहाँ पे आपको ये भी सिलेक्ट करना है ठीक है सब डिस्ट्रिक का मतलब होता है फरीदपुर तो इसको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर पिन कोड डालना है यहाँ पर बाकी यहाँ पर ये यह टिक करना होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला एड्रेस हमारे नीचे वाले में फिल होके आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ फैला है हमने सब सबमिट कर रखा है यहाँ पर जो हमारा एकदम ओके है तो आपके लिए क्या करना होगा इसमें करना हुआ अपडेट तो अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल वो अपडेट हो गया है वहाँ आपको चाहे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप अगर अपना डाउनलोड करना चाहें कार्ड के लिए तो यहाँ से बैक में जाइए बैक में जाने के बाद यहाँ पर आता है डाउनलोड आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल डाउनलोड हो गया है तो आपके लिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर यू कार्ड भी डाउनलोड करना है और इसको फिर से निकलवा सकते हैं। मैं आपको फिर से निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ आपको अपडेट करना है तो अपडेट आपका हो जाता है फिर से निकलवाने से पैसा फूँगने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कहा ये फ्री तो फ्री है ठीक है तो हम चलते हैं दोस्तों जय हिंद आप हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके